आशिक मेरा निकला जाली क्या सि मेरा निकला जाली वाद प्यार के ऊपर से सब खाली यार गम बर्दाश्त नहीं होता के यार गम बर्दाश्त नहीं होता दे दो मुझे एक जहर की प्याली मर जाऊं मैं दुनिया बहुत मतलबी है साली